डॉक्टर साहब मेरे नज़दीक इस आर्जी दुनिया में जब इंसान मुस्तकिल सुकून की तलाश ढूंढता है या ख्वाहिशों में घिर जाता है तो डिप्रेशन का आगाज़ वहाँ से शुरू होता है और लोग इसका इलाज करने के लिए जो साइकट्रस्ट या साइकालोजस्ट को ढूंढते रहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वह इसका परमानेंट सोल्यूशन कोई दे सकते हैं क्योंकि ये रूहानी बीमारी है ना कि दिमागी या जहनी इसकी रूट काज रूह में है रूहानी बीमारियां या वाहन इस्लाम ने जिसको वाहन का लफ्स आ गया कि हुबे दुनिया हवस ज्यादा से ज्यादा की ख्वाहिश वो आप और परफेक्शन के पीछे जाना जबकि इस्लाम हमें वाजियत बताते हैं ये दुनिया आजमाइश की दुनिया है यहाँ पर कामयाबियों कामयाबियां हमेशा आपको नहीं मिलेंगी कभी कभी आपकी पूरी मेहनत जाया हो जाएगी कभी आप बेशक जितनी मर्जी मेहनत कर लो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कभी आप मेहनत करके गवाओगे कभी बिना मेहनत के भी मिल जाता है जैसे गुड लक कहती है तो इस कंसेप्ट को नजरअंदाज करके लोग जब ख्वाहिशों के पीछे पड़े और चाहिए ही चाहिए तो और वो चीज जब नहीं मिलती और राजीबा राजीबा रजा नहीं रहते रह, रह, रह पाते। तो डिप्रेशन का आगाज वहां से शुरू होता है मींस के बीमारी का इलाज भी होना चाहिए ना कि ये दिमागी या साइंसी जिसे साइकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं आप क्या कहते हैं इसको देखिये हसीब सबसे पहली बात तो यही है कि डिप्रेशन होता ही उस वक्त है जब हमारी ख्वाहिशें ना असुदा रह जाती हैं ठीक है और आजकल का दौर इतना आ, मादियत प्रस्त है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ तादाद के चक्कर में हैं, क्वांटिटी के चक्कर में हैं कि हमारे पास हर चीज का इसराफ हो और हर चीज ब्रांड के लेवल पे हो जिसकी वजह से जब हम इन चीजों को नहीं पा सकते नहीं हासिल कर पाते तो फिर हम आ, हमारी सोच में एक मनफी जो है वो एक रवैया आना शुरू हो जाता है जो कि अफसर्दगी पैदा करता है टेंशन देता है जिसके बाद हम डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं डिप्रेशन बुनियादी तौर पे जो है दो तीन लेवल्स दो तीन स्टेप्स में होता है जो कि काम एनजाइटी से शुरू होता है एनजायटी के बाद जब हम किसी तशवीश का शिकार होते हैं और वो बढ़ती रहती है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इसका जब तक हम इस मादियत प्रश्न को नहीं छोड़ेंगे वो हम किसी भी जरिए से छोड़ें हम डिप्रेशन से नहीं निकल सकते और आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि आज का साइकेट्रिस्ट जो है या नफसियातदान जो है वो डिप्रेशन का इलाज जो है अद्वियात से करना चाहता है ठीक है लेकिन वो एक मुकम्मल इलाज नहीं होता वो आपको वक्ती तौर पर रिलीफ दिया जाता है कि जब ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो इंसान जो है डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो जाता है और इससे निकलने का भी जो है तरीका यही है कि आप एक रूहानी या गैर मादी बीमारी अगर हम इसको कहें तो हम उसका इलाज मादियत से या मादी अद्वियात के जरिए नहीं कर हमें कहीं ना कहीं पर रूहानियत का या मजहब का सहारा लेना पड़ता है ठीक है जब तक हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलते ठीक है हम उस चीज में से उस डिप्रेशन में से नहीं निकल सकते हमें अपनी सोच को बदलना पड़ता है ठीक है इस बारे में आप जो है हम मैं समझता हूँ कि मजहब इस्लाम जो है ठीक है उसने हमें बहुत अच्छी गाइडलाइंस दी हुई है कि हम किस तरह से से अपनी सोच को बेहतर इसमें निकल सकते हैं मतलब अब आप, आप हमें बताएंगे कि इस्लाम हमें किस तरह से गाइड करता है कि हमने कैसे डिप्रेशन में से बाहर निकलना इस्लाम तो राजीब रजा का जो फैंटेस्टिकस्म का फलसफा है ये इस, इस्लाम की तालीमात पे अगर हम मुकम्मल अमल करें जिसमें बेसिक फलसफा ही है कि आखिरत फोकस हो ना कि दुनिया इस दुनिया की हैसियत हकीर अल्लाह के नजदीक है अल्लाह ने तो इस दुनिया को यानी कि मच्छर के पर के बराबर भी वैल्यू नहीं देता अगर हमारा प्रॉपर तस्किया हो हम दीन और दुनिया अलग अलग ना लेकर चले बल्कि दुनिया में दीन के मुताबिक जिये दीन के लिए जिये यानी कि आपका इस हार्डवेयर अगर ये दुनिया ये आप है उसके सॉफ्टवेयर दीन होना चाहिए दीन इस्लाम की सारी तालीमान ना कि अपनी अपनी मर्जी की छोटी छोटी नेकियां पकड़ लेना इस तरीके से फायदा नहीं होना दीन अल्लाह तो कहता है कि दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ अदरवाइज हमारी असल में हम में बनाने वाला खालिक जो अल्लाह है उसने हमारी जिसम रूह को जिस तरीके से डिजाइन किया है इसको कुरान बार बार कहते हैं दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र ही से है अब हम दुनियावी सोलूशन ढूंढ रहे हैं ऊपर से खास तौर पर इस मुल्क के जो मोटिवेशनल्ड so वो एक और इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आखिरत से दुनिया में ही और अजीब तरह के ख्वाब फिक्शनल वर्ल्ड में ले जाते हैं और अल्लाह से इनका इन्होंने काट दिया है जिसकी वजह से दिल का सुकून छिन गया है ज्यादा से ज्यादा ऊपर से हमारी कम्यूनिटी कैपिटलिस्ट है कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको पता है हर इंसान कंज्यूमर कंज्यूमर है पे यह, पे आपकी सारी मार्केटिंग आपके मोटिवेशनल बेसिकली एक के तौर जीती जाके इतनी अजीम चीज को डील कर रहे होते हैं और इसको लगाया हुआ है हवस के पीछे तो तो दीन की डेफिनेशन को मस्क करने में जो बुनियादी किरदार मुझे दिख रहा है मोटिवेशनल स्पीकर का आ, दीन का जो उस, अल्टीमेट एक्चुअल और आसान पिक्चर है उससे दूर करना क्योंकि आजकल का मीडिया सोशल मीडिया आ, हमें दीन से दूर कर रहा है हमें लेकर जा रहा है और दीन की एक नेगेटिव इमेज दिखा रहा है और दीन को आ, पुरानी दकीानूसी रवायत और वो बैकवर्ड किस्म के लोग फॉलो करते हैं तो असल जहाँ पे हल था दीन में आ, हमारी रूह की जो ग़जा है जो दीन ने सजेस्ट की असकार है इबादात है और इबादात से नमाज रोजा नहीं आपके दुनियावी मामला जो सारे हैं आप दीनी असूलों पर करेंगे वो भी इबादत में काउंट होता है ये बाकी मजाब का फलसफा है कि पूजा पाठ और एक लिमिटेड बंद उजरे में रह जाना दीन की पिक्चर जो इस ए, कुरान हमें बताता है आपकी पूरी लाइफ के सारे शोबों में हर वक्त अः जिस तरीके से आपने जिंदगी गुजारनी है वो कवानीन अगर हम उन सारों को अपने ऊपर अडॉप्ट करें आखिरत में तो जजा मिलनी ही मिलनी है लेकिन उसका फौरी इफेक्ट इस दुनिया में इसी लम्मे शुरू हो जाता है आपने नोट किया होगा पूरी दुनिया में जो सुसाइड रेशियो है मुस्लिम्स की सबसे कम है बाकी सब की बहुत ज्यादा है और स्पेशली जो मजहब बेजार लोग हैं एथिस्ट होगे, होगे, उनकी आप तकरीबन मुझे नहीं याद कि कोई ऐसा हो कि जो बगैर दवाइयों के सोता हो यानी कि नेचुरल नींद भी लेने के लिए आपको इल्थ लेनी पड़ती है वैसे साइकैट्रिस्ट के पास जब ये जाते हैं वो नशा अवर अद्वियात दे देता है साइकेट्रिस्ट जो है आपका नशा अवर अद्वियात दे, दे देता है ये ऐसी है जैसे कमरे में गंद हो कूड़ा हो साफ करने की बजाय आप कारपेट के नीचे दे दो मींस कि आपने जड़ से बीमारी नहीं खत्म की सिर्फ वक्ती तौर तो पे उसको गायब कर दिया सामने से तो लेकिन ये लोग कामयाब था साइकोलॉजिस्ट या आज का मीडिया या मोटिवेशनल स्पीकर्स मार्क इनकी मार्केटिंग और ब्रांडिंग बहुत स्ट्रॉग है Uh, यानी कि ऊपर से रैपिंग बड़ी कमाल की करते हैं अंदर कुछ नहीं है जबकि हमारे जो दीन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास सिंथाई आला नॉलेज है रू की पूरी खुराक और उसको मेंटेन रखने का सारा एक्चुअल है लेकिन उनकी जो है ना कम्युनिकेशन या मार्केटिंग वो नहीं कर पाए उस तरीके से वो आज की इंसानों की मौजूदा ग्रामर नफसियात के मुताबिक हिट नहीं कर पाए या उस तरीके से नहीं समझा सके वो आज भी 500 साल हजार साल पुराना मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग क्योंकि हॉलीवुड बॉलीवुड या प्राइवेट मीडिया देख के उनकी आई बहुत हाई हो चुके हैं वो उनका पुराना स्टाइल देख के उनको रिजेक्ट कर देते हैं जबकि ये गौर नहीं करते कि इनके अंदर डेप्थ कितनी है अच्छा इसमें देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको दो एंगल से देखते हैं ठीक है हमारे अगर हम अपने माशरे की बात करें तो यहाँ पे भी आपको दो तरह के लोग आ, मिलेंगे कि कुछ तो ऐसे हैं जो दीन को मानते हैं कुछ ऐसे हैं जो दीन को नहीं मानते वो मुसलमान तो हैं लेकिन वो एक प्रैक्टिकल मुसलमान नहीं है ठीक है एक तो ये बड़ा एक मैं समझमिया है हमारी सोसाइटी का कि हम मुसलमान होते हुए भी दीन को नहीं मानते जिसकी वजह से खराबियां ज्यादा है ठीक है बात यही है कि हम एक लग्जियस लाइफ गुजारना चाहते हैं और एक लग्जियस आखरत भी चाहते हैं ठीक है उन दोनों के दरमियान में जब हम होते हैं तो फिर हम पिसते हैं उस और क्योंकि आपने बात की कैपिटलिज्म की तो लाजी बात है कैपिटलिज्म में आपको चीजें जो है बहुत ज्यादा मलम करके दिखाई जाती है आपको ये दिखाया जाता है कि आपके पास पैसा दौलत ब्रांड्स चीजें है तो आप कामयाब हो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो हालांकि दीन के हवाले से कामयाबी का एक बिल्कुल अलग में आ रहा है एक अलग एक अलग उसका खूबियां हैं जो आपको कामयाब बनाती हैं तो इसमें जरूरत अगर आप हम बात करें कि हमें क्या आ, मतलब इस माशरे में जो लोग डिप्रेस हैं या जो तशवीश का शिकार है या जो अः इस तरह की सोच रखते उनको हमने एक रोड मैप देना है ठीक है और वो ऑफ uh, कोर्स उसमें जब तक वो लाइफ नहीं बदलेंगे अपनी सोच को नहीं बदलेंगे मुस्बत तर्ज जिंदगी को नहीं अपनाएंगे वो इसमें से नहीं निकल सकेंगे अद्वियात सिर्फ एक खास हद तक आपके साथ चलेगी आपको वक्ती तौर पे उसमें से निकाल देंगी कुछ अर्से के बाद अगर आप अपना लाइफ नहीं बदलते अपनी सोच को नहीं बदलते तो आप फिर उसी चक्कर में दोबारा चले जाओगे उसी बीमारी में उसी सोच में उसी डिप्रेशन में आप दोबारा चले जाओगे तो इस इस सिलसिले में जो मोटिवेशनल स्पीकर्स आपने बात बात की है और ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि वो जब बात करते हैं इर्द, इर्द जितने भी लोग हैं बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स वो कोई सॉलिड हाल नहीं देते वो आपको वक्ती तौर पे तो उनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं लेकिन उस शहर से निकलते हो तो फिर आप उस चीज को नहीं कर पाते हो कुप नहीं कर पाते हो तो इसमें जरूरत इसी बात की है कि मजहब के साथ साथ आप जो भी इखलाकी इकदार अच्छी इकदार हैं उनको अपनाए ठीक है अपनी सोच को मुस्बत रखें अपने तर्ज जिंदगी को सादा कर लेंगे आप आप खुद बखुद एक अच्छे स्टेट ऑफ जो आपका माइंड है वो पुरसकून हो जाएगा नहीं एक और चीज़ है इस्लाम इस्लाम का लोगों ने समझा है कंसेप्ट यानी सब कुछ इस तरह का कि आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा लेकिन मेरे नजदीक इस्लाम छोड़ने का नहीं कहता वो असूल कुछ देता है हलाल हराम के आप पैसा कमाने से नहीं मना कर रहे इस्लाम मगर आप अगर अरबपति बन जाती हो आपके फिर जिम्मेदारी आ जाती है सोशली आपने कैसे वो मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसमें फ़ायदा आपका भी और साथ गरीबों का भी फायदा हो और उस जो अल्लाह की राह में पैसे दिए जाते हैं वो कई सौ गुना बढ़ के वापस फिर आ जाते हैं इतनी खूबसूरत वो देर है इकोनॉमिक्स इकोनॉमिकल मॉडल इस्लाम लेकिन यहाँ पे ये यह लग रहा है कि सब कुछ छोड़ना है मेरे नजदीक अशरम मुबश्रा में भी हज़रत ऊस्मान गनी रज और अशरम मुबशरा में दूसरे अब्दुल अब्दुलरमान बिन ऑफ ये दोनों तो जन्नत इन्होंने पाई मालदार होने की वजह से क्योंकि इन्होंने अल्लाह की राह में भी खर्च किया इनके पास पैसा भी था तो इस्लाम एक जायज में रहकर आपको हर ख्वाहिश पूरी करने का कहते हैं बस हलाल आराम का रख रह रहे बस दूसरों पे जुल ना हो तो लोग ये इस्लाम की ट्रू पिक्चर या नेगेटिव या गरीब गुरबा वाली जो दिखाती है ये पूरा इस्लाम रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस्लामिक रिप्रेजेंटेशन तो अगर आपको एस बता दिए जाए इस्लाम आपको पैसा कमाना अलाउ करता है ये एस ओ है इस फ्रेमवर्क में आप आखिरत भी आ, कब, पा सकते हैं दुनिया भी पा सकते हैं तो तो लोगों के अंदर जो है ना इस्लाम के हवाले से अट्रैक्शन वो वो बढ़ेगी लोग इस्लाम को अडोप्ट भी करेंगे उस तरीके से सच्चे दिल जान से तीसरा इखलाकी इकतार की आपने जो बात की इस्लाम खुद इखलाकियात और सारा कुछ शरीयत हम दीन के अंदर सारी चीजें आ जाती है इस्लाम खुद ये सारे मैनर्स एटिकेट सब कुछ कल्चरलेशन कितनी करनी है किस हद तक करनी है वो सारा खुद खुद सिखाता है ओपन माइंडेड है इस्लाम इस्लाम में जितनी प्रोग्रेसिवनेस है वो किसी और दीन तो इस्लाम के अलावा कोई नहीं है रिलिजन में नहीं है रिलिजन में सिर्फ मजहबी अमूर होते हैं जबकि ये हमारा इस्लाम रिलिजन नहीं है ये दीन है दीन इसमें इस सियासत मईशत, ये सब भी आ जाता है सिर्फ अकायद और इबादत भी नहीं होते तो अगर आपको पूरा फ्रेमवर्क इस्लाम को आज के दौर के हिसाब से लोगों की ग्रामर के मुताबिक कोई प्रजेंट करे तो मेरे ख्याल में इस्लाम के हवाले से अट्रेक्शन जो पैदा होगी तो लोग दौड़े चले आएंगे तारीखी इंसानी में एक ही बार ये मॉडल जब रियात मदीना कायम हुई है उसके बाद हजरत उम्र रजी जो एक्सपेंड किया इसको दुनिया तक उस अदवार की हिस्ट्री देखें उनको कंपेयर करें दुनिया के बाकी सारे निज़ामों से ह्यूमन हिस्ट्री पिछली फीलाल के देख लें जितना और आज भी उम्र लास के नाम से यूरोप में आप जाए मौजूद है कवानीन और जहां मुसलमानों ने आठ साल हुकूमत भी की स्पेन वगैरह में तो उस दौर में जो जिद्दत जो पेशरफ्त तो और जो खुशहाली और वो सारा कुछ था तो ये वाली सारी चीजें तारीख के कागजों में कहीं दब चुकी हैं इनको कोई दिखा नहीं रहा ग्लोरीफाई नहीं कर रहा इस्लाम की इमेज एक जो प्रोपोगंडा फिफ्थ जनरेशन वार मीडिया पे चाह रही है नेगेटिव उसको जोड़ दिया गया है मरते हैं या मरते हैं वगैरह वगैरह जो इमेज हमारी बिल्डअप हुई हुई है ये प्रोपोगंडा है और असल हीरो Truly, अपने ऊपर उस सारी को पहले आ, नाफिस करें और वो दिखाएं दुनिया को उन रोल मॉडल्स की आ, फुकदान की वजह से लोग इस्लाम से दूर हुए हैं और अल्टरनेटिव ऑप्शंस में जा रहे हैं उन्हें कोई साइकट कोई सलूशन बताता है चलो जो भी है उधर गया कभी कोई बता देते हैं कभी किसी गलत तरफ राह चले जाती है लेकिन परमानेंटी दिल, स्कूल कुरान पा की आयत है सूरत की आय एक नंबर आयोजित के, के उसकी जिंदगी तंग कर देगा जो अल्लाह के याद से गाफिल होगा तो जिंदगी तंग करने में सब आ जाते हैं आपके अखलाकी तौर पर भी तंगी है माशी तौर पर भी तंगी है समाजी तौर पर हर लेवल पे तंगी तंगी जमराजगी डिप्रेशन के अनहैप्पी अनहैपीनेस या ना खुशगुवार ना, ना खुशगुआारी तो अगर आप दीन पे चलें और नॉलेज के साथ ना चलें इस्लाम दो चीज़ें बता रहे नॉलेज एंड फेथ सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है ये जितने आलूम या मजाब या सिर्फ नॉलेज देते हैं फेथ के हवाले से इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो फेथ और फेथ का मतलब है दिल से रू रूहानी रु, रु, लेवल पे जितनी हाई लेवल की गाइडेंस uh, या वो तकवा के असूल जिनको हमारा माशा तो आजकल के इस प्रैक्टिकल वर्ल्ड में तकवा तो काउंट ही नहीं करता मेरिट के तौर पे अगर आप तकवा की बेसिस पे कामयाब और नाकाम को देखें और तकवा की बेसिस पे अपने हमाल करें आपका वो बुखारी शरीफ में अदीस है आई अल्लाह आपका हाथ बन जाता है जुबान बन जाता है पैर बन जाता है मींस मींस के आपकी दुनिया आपके कदमों में होगी कामयाबी ये ये सब चीज़ें आपके पीछे दौड़ती चली जाएंगी और हम हमारे जहन में कुछ और है कि इस्लाम पे जब अमल करेंगे मुतकी हो जाएंगे तो सब या नो इस्लाम आपको कहते कि इस दिल में सिर्फ एक रह सकता है या दुनिया या अल्लाह अगर आपके दिल, दिल में अल्लाह है तो इसके बाद बाकी सारी चीजें आप रखो कोई हज नहीं लेकिन वो नंबर टू से ऊपर नहीं आनी चाहिए नंबर पे अल्लाह होगा और उन बाकी चीजों के साथ ये नहीं है कि दिल लगाना है बल्कि उन्हें इस्तेमाल के लिए समझना है कि आज है अल्लाह ने दी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की दी हुई चीज अल्लाह ने वापस ले ली फिर भी अल्हमदल्ला तो अगर इस फलसफे को सामने रखकर और इस तरह की फिलासफी और साइकोलॉजी को, के मुताबिक इंसान शुरू करें जो आपने बातें की है ना ये सारी बातें सही है ठीक है जब तक हम इन चीजों को नहीं अडोप्ट करेंगे हम एक हकी अच्छी पुरसकून जिंदगी नहीं पा सकेंगे लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें बहुत सारे जब हम हम लोग देखते हैं अपने क्लिनिक पे या अपने ऑब्जरवेशन में ऐसे लोग भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं जो बज़ाहिर इस्लाम के शायर को पूरा कर रहे होते हैं वो नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं वो रोजे भी रख रहे होते हैं वो कुरान भी पढ़ते हैं लेकिन वो लोग भी डिप्रेस नजर आते हैं हमें ठीक है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हमारे माशरे में एक सोच जो है या एक इंफ्लुंस कुछ चीजों का इस तरह का है कि जो आपको एक डिप्रेसिव सोच दे जाता है ठीक है अब अब मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि अब आप हमें बेहतर यही है कि प्रैक्टिकलिटी वाली बात सुजेस्ट करें कि जो इंसान डिप्रेशन से निकलना चाहता है वो कौन कौन से ऐसे अमाल या अपनी जिंदगी में कौन कौन सी ऐसी तब्दीली लेके आए कि वो उसमें से आसानी के साथ उसको ओवरकम कर सके इसका एक ही बुनियादी सोलूशन जो इवन कुरान पा खोले तो उधर भी वही बात आती है सूरज बकरा के शुरू में ही है कि इस किताब में हदायत उनके लिए जो शक में नहीं पढ़ेंगे आगाज ही ऐसे है तवक्ल वाइट सलूशन है पहला भी यही सजेस्ट करूंगा सोवें नंबर पे भी अगर कोई चीज बतानी हो ये ये तवक्ल तवक्ल तवक्ल अल्लाह पे पूरा तवक्ल ऐसा तवक्ल जिसमें शक की गुंजाइश ना हो इसमें असल में हम एक नहीं दो हैं जिसम और रू और एक इन थ्री डायमेंशनल वर्ड के अलावा और भी डायमेंशन है जिसमें जन्नात का कंसेप्ट है या वो भी सिलसिला चल रहा है वस डालना हमारे हमारे दिल के साथ औरों की भी एक्सेस है इस्लाम का बेसिक जो फलसफा है उसको कोई समझा इस तरीके से नहीं पाया है कि कि ये रूह जब गुनाह इंसान करता है दिल स्याह होना शुरू होता है जैसे जैसे दिल स्या होता जाएगा आपके बॉडी के अंदर हैं, हैं, हैं। पोर्टल्स है, वो खुलते उसमें ये जो नेगेटिव इनर्जीज है जिन्हें जिन, जिन कह लें शयातीन कह लें वगैरह उनको एक्सेस मिलती है फिर वो आके अंदर बसेरा करते हैं वो आपकी रूहानी स्ट्रेंथ कमजोर होना शुरू हो जाती है आप उनके जेर असर आ जाते हो जब उनके जेर असर आते उनका उनका टास्क ही यही है कि इंसानों के अंदर शक डालना डालना डराते रहना आपने जिन मजहबी लोगों की बात की के शरीयत के एहमाम फॉलो कर रहे हैं जो जायरी जो अमल कर... नमाजे भी पढ़ ली कुरान भी पढ़ लिया फिर भी वह में पड़े हैं, जादू हो गया या पचास और चीजें हैं जादू भी डिप्रेशन की एक वजह और भी चीजें या उनके अंदर वो यकीन नहीं आ पाता वो असल में मैंने बहुत करीब से देखा बहुत से लोगों को और लोगों ने माना भी जब काउंसलिंग में करता हूँ कि वो यकीन तो कर रहे हैं साथ शक को भी पाल रहे हैं वो एक साथ दो चीजें लेकर चल रहे होते हैं जबकि इंसानी रूह और जिसम का जो निजाम है वो शक पे डिसबल हो जाता है फंक्शनल या एक्टिवेट या हाई फ्रिक्वेंसी पे सिर्फ उस वक्त जाएगा हंड्रेड परसेंट उसको सिग्नल या डोज दी जाए यकीन की तोल की ब्लाइंड फेथ की हज़रत इब्राहिम का वाकत को पता होगा जब उन्होंने छलांग मार दी आग वाला और भी बहुत सी चीजें वाकत है न सारे कुरान पाग में सबा कराम के भी वाकत है बहुत से अल्लाह के नेक लोगों के भी वाकत है उनकी लाइफ में सारों में एक कामन चीज मिलेगी वही कुरान भी बताते हैं पूरा यकीन मुकम्मल यकीन लेकिन वो यकीन में ये होता है कि लोग ना आजकल स्मार्ट वर्ल्ड है और स्मार्टफोन्स आगे बटन क्लिक किया और हो चीजें इस्लाम हमें ये नहीं यार अल्लाह है पहले अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम को अपना दोस्त जो कहा हजरत इब्राहिम पूरी लाइफ हिस्ट्री बायोग्राफी देखें कितने ज्यादा उनकी पे आजमाशी आई कितने टेस्ट आए वो इस्लाम में ये अल्लाह ने वाजिया बता दिया यहाँ पे वो नहीं है ग, ग, ग, ग, विन विन सिचुएशन गुड गुड गुड सब कुछ होगा जन्नत की ही खत्म हो जाए ये हमारी हर दिली ख्वाहिश पूरी होने का मकाम जन्नत है हम इधर आए हैं इम्तियानात। और इम्तान आपका ये शैतान के जरिए मुमकिन था यानी अपोजिंग फोर्सेस के जरिए रुकावटों के जरिए के अल्लाह के ये हुक्म है लेकिन चीजें उलट चलनी है हालात उलट चलने वाक्यात उलट होने हैं चाहे कसूर आपका नहीं भी है तो लेकिन जब लोग ये सोचने लग पड़ते हैं ना वाई मी वाय मी मैंने मेहनत की नहीं हुआ मैं ये डिजर्व नहीं करता था लोग मेरे साथ बुरा कर गए वगैरह वगैरह जितना अपने ऊपर सर पे ऐसी सोचें सवार करेंगे तो मेजोरिटी औरतों और मर्दों के मसाइल यही है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है जबकि ये चीजें जरूरी नहीं है आपका कसूर हो अल्लाह ने आजमाना है उसमें आपकी रैंकिंग होनी आपकी गुनाह जो उनसे है मेरे हिसाब से तो हम बहुत लकी है जिनको अल्लाह चुन लेते हैं मुसीबतों परेशानियों के लिए वो क्यों आपने बहुत सारे गुना जाने अन सारे धुलना शुरू होते हैं उसके अलावा आपके जन्नत के सौ दर्जे हैं दर्जात की बुलंदी भी होती है अगर आपके फर्ज करता है मेरे गुना नहीं है लेकिन आप जन्नत में पहुंचने के जन्नत के अंदर भी दर्जात है बहुत कुछ तो बंदा अः ये जो गुनाह और निकी की फिलोसफी है ना इसको समझ ले तो ये सारा सोल्यूशन इसी में ही है यानी कि गुनाहों से बचना नेकियां करना इसके साथ हर एक नेकी की अलग फ्रिक्वेंसी है हर गुना की अलग एनर्जी है फ्रिक्वेंसी जैसे अगर मैं आपसे गुस्से से, से बोलूँ या बुरे लफ्ज बोलूँ आपको बुरा फील होगा और अक्सर लोग प्रोबॉक हो जाएंगे इश्तल में आ जाएंगे अगर मैं नाइसली बिहेव करूँ तारीफ करूँ अः से जालम गुस्सीला बंदा भी ठंडा हो जाएगा रिएक्टिव नहीं होगा यानी ये एक बेसिक डेमो देरों के आम अल्फाजों से जब इतना असर होता है तो इमेजिन करें इन फोर्सेस और नेकियों का कितना होता है और रूहानी वर्ड में अगर देखें इस्लाम के एंगल से जब आप नेकियां करते हो आपका और आपकी पूरी स्परिचुअल बॉडी बहुत स्ट्रांग हुई होती है ये ईवल फोर्सेस नहीं आती करीब आ ही नहीं सकती बल्कि हर इंसान के साथ जो उसका एक जिन अपॉइंटेड है अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने हर किसी के साथ एक रखा हुआ है उसे शायद कारीम कहते हैं तो वो भी कमजोर होना शुरू हो जाता है ये कुता ए, इस्लामिक लिटरेचर पढ़े उसमें है के के जितना आप दीन पे रहते हो वो उसको खुराक नहीं मिल रही होती वो भूखा हो कि कमजोर फिर वो कमजोर होगा वो आप असर नहीं डाल सकेगा तीसरा अल्लाह ने एक चैलेंज जब शैतान और अल्लाह की कम्युनिकेशन से रही थी अल्लाह ने एक बात बड़ी खूबसूरत कही थी मैं यकीन बढ़ाने के लिए ये मिसाल देने लगाऊँ कि जब ठीक है तुम आ, तो मेरे ये इंसान जो औलादम में गुमराह जरूर होगी तेरे बस में लेकिन मेरे वो नेक बंदे यानी कि अल्लाह ने उसमें एक इशारा दिया था कि सारों पे तेरा बस नहीं चल सकेगा मेरे बंदे की हिफाजत मैं करूंगा वो बच्चे रहेंगे तेरे शर से तो अल्लाह किन को मेरे बंदे कहता है उसको देखना चाहिए अल्लाह उन्ही को कहता है जो कुरानो हदीस में आपको इतना कुछ मिल कुरान की सूरत में एक हम तो हदीसम की सूरत में अमली तौर पे उसका इजहार कि ये है अल्लाह की मंशा अल्लाह ये चाहता है हर इंसान से हर जो दुनिया में अपना इम्तिहान देने आया है तो अगर इस फिलोसफी पे ऐसे एक निकाती एजेंडे पे चले फायदा आप ही क्या लोगों ने पता नहीं Uh, सारे नेकियों का ना अजर आखिरत में क्यों रख दिया आप इसको प्रैक्टिकली uh, इस जमीन पे और दुनिया के एंगल से देखें जितने कमात हैं आखिरत में तो अजर मिलना ही मिलना है उसका पहला फायदा आपको इसी दुनिया में भी मिल रहा होता है साथ साथ जितनी चीजें कही गई हैं उसका दुनिया में उसी वक्त बंदे को दूसरा अगर मेटिक अप्रोच रख भी देखें तो फायदा हो रहा होता है कोई एक ऐसा हुक्म नहीं है जो इस जमीन पर फायदा ना दे रहा हो आखिरत तो है ही है इस जमीन पे रहते हुए हमारी लाइफ और सोसाइटी को इम्प्रूव करने में भी उसका रोल होता है सही अच्छा इसमें जो है ना आ, कुछ बातें बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कही ठीक है अब इसको अगर हम बात को समेटे ना तो इसमें दो चीजें हैं बल्कि शायद दो से ज्यादा हो जाएं एक तो यही कि आपको जो है उसको हम हम लोग जो कहते हैं कि हैवस और है ठीक है इन दोनों को दरमियान से निकलना पड़ेगा जो आपके पास है वो बेस्ट है ठीक है जब आप उस पर राजी और सबर के साथ गुजारेंगे तो वही बात अल्लाह पाक कहते हैं कि जो शुक्र करता है उसको मैं मजीद नवाजता हूँ ठीक है तो इसमें से सबसे पहले निकलना पड़ेगा फिर इसके साथ साथ हमें जो कोशिश करनी पड़ेगी वो ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो है मुस्बत लोगों ज्यादा हो ठीक है उसके लिए आ, आ, कोशिश ये करनी चाहिए माशरे में कि छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बनाए जाए जहां पर डिस्कशन हो कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए इन ऐसे लोगों को जहाँ पे वो एक मुस्बत तमीरी सोच के साथ जाएं अपनी बातों को अपने को डिस्कस करें तब वो से से निकलेंगे उस से जल्दी निकलेंगे उस डिप्रेशन में जल्दी ठीक है इसके साथ साथ जो है अपना वही बात है कि राबता जो है अल्लाह के साथ इसमें आपने जो बात मिसालें दी उसमें एक मिसाल जो जो मैं अक्सर देता होता हूँ किसान की मिसाल हमारे सामने होती है ठीक है वो सब कुछ करता है वो हल चलाता है वो बीज डालता है वो पानी देता है वक्त पे वो प्रॉपर अपनी फसल की केयर करता है लेकिन आखिर तक उसको कोई अंदाजा नहीं होता कि उसको कितने खोशे कितने दाने उस उस खेत में से मिलेंगे ठीक है और वो, वो वो हर हाल में आपको खुश नजर आता है ठीक है उसकी फसल जैसी भी हो रही हो वो जो है वो इतना डिप्रेशन में नहीं जाता उसको यकीन होता है कि मैंने मेहनत किए तो अल्लाह पाक मुझे इसका फल देंगे ठीक है इसी तरह हमें जिंदगी के बाकी अमाल में भी इसी तरह है हमारा काम ये नहीं है कि हम मेहनत ना करें जो है उस पर राजी हो जाएं और खूब से खूब तरकी कोशिश करें उसके लिए मेहनत करें ठीक है और जब हम राजी होना सीख लेंगे तो हम खुद बहुत डिप्रेशन में से निकलना शुरू हो जाएंगे और मेरी तरह से में... तो यही दो, दो तीन तजवीजें हैं ठीक है और उसमें मुराकबा एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है जिसमें हम कोशिश करके तो हम ये जो इस्लाम जिसको मुराकबा कहता है नमाज सबसे बेस्ट मुराकबा है और ही एक, एक, एक एक और के साथ जो जी नमाज जो पढ़ी जाए आ, वो खुशूख इस्लाम ने फलसफा खुशूख का दिया है ना नमाज का तो वैसे तो एक मोमिन या मुजाह जो होता है उसके 24 घंटे में होते हैं मुराकबा क्या है एक तरफ सोच रहना सोच क्या है अल्लाह के लिए जीना है अल्लाह के लिए सब कुछ करना है अल्लाह देख रहा है गुनाहों से बचने है बंदे की ऐसी सोच हो जाए मोमिन की मुराकबा भी यही फलसफा देता है जो आज की मॉडर्न वर्ल्ड मजहब से हटा के मुराकबा को अलग से कामयाबी भी यही है हाँ और दूसरी चीज जो आप बता रहे थे ना नाव एंड तो अग, अगर आपके पास जो कुछ है वो तो ठीक है शुक्र करो जो नहीं है इस्लाम ने इतना आपको टूल दिया है दुआ का हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही आप आज भी उस तरीके से दुआ मांगो जिस तरह मांगने का हक है तो आज भी आपको वो मिलेंगे रिजल्ट असल में हमें अल्लाह की पहचान उस तरीके से नहीं करवाई गई अगर अल्लाह की पहचान एक्चुअल सेंस में उसके सारे सफाती नाम दुआएं भी कबूल करने वाला है कादिर भी है मुसहब अलबाब भी है इस्बाब भी क्रिएट करता है और भी बहुत कुछ है रजाक भी है रहमान भी है रहीम जब ये सारी अः फलसफे आपके अंदर हो और प्योर अंडरस्टैंडिंग के साथ आप दुआ करो अल्लाह को कादर मुतल मान के और उसे ये मानते हुए कि वो इसबाब का पाबंद नहीं है वो इसबाब पैदा कर देगा अगर चारों तरफ से रास्ते बंद हैं वो एक नया रास्ता क्रिएट कर देगा जब इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होगी तो वो दिल में वो यकीन पैदा होगा जब वो दिल में उस लेवल का यकीन पैदा होगा फिर उस वक्त जब, जब जुबान से जो अल्फाज निकलेंगे उसकी परवाज बहुत बुलंद होनी है वो जाएगी भी ऊपर अल्लाह के अर्श को भी हिला, हिलाने की ताकत रखती होगी और वो असर दिखाएगी बहुत से वाकत है में और लोगों के ऐसी ऐसी चीजें जो 90 साइंटिफिकली कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है लोगों की हो गई है बेशुमार वाकत है अल्लाह के नेक लोगों के इतने सारे करामतो क्राम तो, करमतें तो अपनी जगह और भी बहुत से हैं जो सिर्फ दुआ की और हो गया दुनियावी सारे इस होने, उलट थे ऑपोजिट डायरेक्शन में थे दुआ की और ऐसी सिचुएशन बदली सब हो गया सिर्फ अकेली दुआ ऐसी चीज है आपके सारे नफ्सिया मसाइल का इलाज है और ये समझाने की जरूरत है कोई ऐसी दुआ नहीं है जो अल्लाह ना सुन रहा हो या कबूल ना करता हो वो मुख्त दर्जात है कुछ दुआओं का बदले में कुछ और दे देता है कुछ के बदले क्योंकि कुरान में आया हो सकता है तुम जिसे खैर समझ रहे हो वो तो खैर ना शर हो और जो शर हो जिसे तुम शहर समझ रहे हो खैर हो हम असल में इस टाइमलाइन में लंबे मौजूद में जी रहे हैं हमें ना आगे का पता है ना पीछे का बच्चा अल्लाह तो ऊपर से सारा देख रहे हैं ना कि ये इस मैट्रिक्स में अभी यहाँ है साथ इतने सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं ये दुआ इसके हक में बेहतर नहीं है बहुत सी जगहों पे तो शुक्र अदा करना चाहिए हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हम अपने लिए बर्बादी मांग रहे होते हैं हम एक तरफ से वन साइडेड होकर तो ख्वाहिशें दिखा रहे होते हैं लेकिन उसके साथ जो बबाल और बहुत कुछ दुनियावी तौर पर और अक्सर हम सबकी दुआएं अपोजिट है हम दो अपोजिट मांग रहे होते हैं बहुत सारी मांग रहे होते हैं दोनों एक दूसरे की नफ़ी कह रही होती है तो दुआ की अंडरस्टैंडिंग हो और अल्लाह के पूरा यकीन हो वो सुनता है कबूल करता है जब बंदे के अंदर इस लेवल का ईमान डेवलप हो जाए इसके लिए कुछ भी नहीं करना इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप पचास साल का चिल्ला काटो और वो मकाम मिले ये तो एक आम बंदे का भी कंसेप्ट सिर्फ बंदा कुरान पे सच्चे दिल से न्यूट्रल होके गैर जानकारी से अपनी तस्बात की एनप उतार के देखे कि अल्लाह जो कहेगा वो मानना है ना कि अपने मिजाज के मुताबिक इस्लाम और कुरान को ढालना है यानी कि ऑनस्टी से दीन के लिए आप अपने आप को वक्त करो या दीनी तालीमत को लो तो ये आपको दुनियावी भी कामयाबी देगा अखरबी भी कामयाबी देगा आपकी हर दुआ भी कबूल करेगा आप मौके पर आप मुजात भी देखना शुरू करोगे तो सारा काम है फेथ लेस सोसाइटी होगी हमारी फेथ पे फोकस करने की जरूरत है इंटरनेट और इंफॉर्मेशन तो बहुत है आपको इस्लामी नॉलेज चाहिए इतनी सारी ऐप्स आ गई है इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और कोई नॉलेज को दे जा रहा है दे जा रहा है असल चीज़ है फेद डेवलप करने का फेद डेवलप वही कर सकता है जो खुद बामल होगा बामल लो, बेअमल लोगों की जुबान में तासीर नहीं है असल में ये पेशा बन चुका है हर कोई अब दिन की बातें तो कह रहा है एज अ फैशन आजकल ट्रेंड तो शुरू हुआ है लेकिन उनकी बातों का असर क्यों नहीं हो रहा बेशक उनके दो मिलियन तीन मिलियन पांच मिलियन सब्सक्राइबर और वट ये ऐसी रूहानी फोर्स है आदमी अगर बोलेगा ना असर नहीं होना बोलेगा तो अगले के हिट करेगी लगेगी अगर आप दिमाग से बोल रहे हो मेमोराइज करके चीजें तो फिर कहाँ असर होना है अगला सिर्फ वक्ती तौर पे 40 मिनटों से ज्यादा असर नहीं रहता हमारे अंदर जो केमिकल्स है मुख्तलिफ हारमोन है उस पर वो वक्ती तो असर करेगा चालीस मिनट के बाद वो असर ही खत्म हो जाता है तो रूह के लेवल पे हिट करना है तो रू के लेवल से बोलने वाला चाहिए बंदा जो जिसके रूह से बात निकले दिल से निकले तभी आगे हिट होगी और वो फॉर असर दिखाती है बहुत सारे वाकत हिस्सि में हमारी मुस्लिम्स की के बड़े आयाश बदमाश या बेअमल किस्म के लोग किसी एक नेक असली आदमी से मिले उसके एक जुमले से ही उनकी जिंदगी बदल गई और बिल्कुल ही सीधी राह पे आगे और ये जो रूह की पावर्स हैं आज की इस मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी जितनी जदीद मॉडर्न दिमाग है उन्होंने आखिरत से दुनिया को अलग कर दिया है रूह को जिसम से अलहदा कर दिया फिजिकल वर्ल्ड तक महदूद हो गए तो ये तो एक फीसड है एक्चुअलिटी का नाइनटी नाइन परसेंट हर मामले का इस यूनिवर्स का जितने मामलाते सारे रूहानी स्पेक्ट्रम में रूहानी डायमेंशन में है तो तभी आपको आपके मसाइल का हल नहीं मिल रहा आपने इस जनरेशन में देखा होगा इन 40-50 या 100 सालों में खुदकुशियों की रेशो देखें कहाँ पहुंच गई है जितने जितने दीन बेजार होते जा रहे हैं मजहब को छोड़ते जा रहे हैं अल्लाह को माइनस करते जा रहे हैं सा, सारी दुनिया के सारे खितों में आप रेशियो देखें डिप्रेशन आज दुनिया की सबसे नंबर वन बीमारी है आ, आ, हर कोई ना है सबके पास सब कुछ होने के बावजूद फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज देखे उनके पास क्या कुछ नहीं होता ताकत शोरत पैसा सुसाइड रेशो देखे उनकी तो सबसे ज्यादा है, है, उनके हैव हैव और की हो जाती जाके तो इन सारी को देखते हुए वो, वो लोग अच्छा है लेकिन आजकल इतना इजी नहीं है कि हर कोई हर जगह जाके सब कुछ करे वो पुराने दौर की तरह हर किसी से फिजिकली मिल सके लेकिन हम अगर ऑनलाइन अपनी मेट्रिक डेवलप कर लें हम इस सोशल मीडिया की पावर से हर जगह जा सकते हैं अवेयरनेस कैंपेन ज्यादा करें और लोगों को लोगों की मिसकंसेप्शंस दूर करें क्योंकि ये जितनी चीजें मॉडर्न है ना साइंस साइकोलॉजी के नाम पे हालांकि साइंटिफिक व्यूज अलग चीज है व्यूज अलग एक है साइंटिफिक स्टडीज के साथ आना, लेकिन के सुने, के लोग हैं जो जुड़ चुके हैं रेशो किसी दौर में होती थी एक दो फीसद अब बीस एक फीसद तक पाकिस्तान के लोग आइडियोलॉजीज या उनके सारे ख्याल वो हो चुके हैं तो फूल बना रहे हैं ये लोग अब लाइक कोई भी साइंटिस्ट है वो अपनी एक जाति राय मजहब पे दे देता है लाइक एलन मस्क है वो बेसिकली एथियस्ट है इस लेकिन उसकी जो दुनियावी या साइंटिफिक इजादात या इनोवेशन या प्रोग्रेस है लोग उससे इंप्रेस होते हैं फिर वो एक इफेक्ट चलता है साइकोलॉजिकल के इसकी ये ये चीजें ठीक है तो इसकी ये भी ठीक होगी वो उसे अपना अल्फा कंसीडर कर लेते हैं फिर उसकी हर चीज कॉपी करना शुरू करते हैं क्योंकि वो आजकल खुदा अल्लाह को नहीं मानता हालांकि अब वो चेंज हुआ है उसके पिछले सालों में कुछ और था अब थोड़ा डाउन हो गया अब वो मानना शुरू हुआ है कि कोई और पावर है क्योंकि वो अब स्पेस और उन मामला में पड़ा है तो अल्लाह तो निशानियां दिखाते हैं कुरान में है ना हम तुम्हारे अंदर भी नपूस में भी निशानियां दिखाएंगे और बाहर भी दिखाएंगे इस विजिबल यूनिवर्स में तो हो सकता है अल्लाह करे फ्यूचर में एलमस को अल्लाह हदायत दे दे क्योंकि उसके नजरियात में नोट कर रहा थोड़ा सा फर्क आया है क्योंकि आ, बंदा न्यूचुरल होकर स्टडी करे इस नेचर की अल्लाह की एक तो कुरान में है निशानियाँ आय, आयात आयत का मतलब ही एक है इस यूनिवर्स में, एक कुरान तो ये है बुक में एक ये पूरी यूनिवर्स कुरान है यानी निशानियों के तौर पर अगर बंदा सच्चे दिल से कोशिश करे जैसे हजरत इब्राहिम वेरीफाई करते गए करते गए और एक अल्लाह तक पहुंच गए तो हमारे अंदर एक क्या कह DNA में है कुछ जो आपको कोई गाइड ना भी करे आप बुक्स ना भी पढ़ें वो खुद अल्लाह की साथ इक्वेशन ढूंढता है हम ह्यूमन बॉडी इंसान के अंदर हाफ इक्वेशन है हाफ इक्वेशन एक्चुअल में अल्लाह के साथ पूरी होती है तो अगर प्योरली साइंस जो क्योंकि अब बहुत से नजरियात आजकल वो कैपिटलिस्ट जैसे सोसाइटी बाईस किस्म की रिसर्चेस दिखाते, है, दिखाते हैं फेक रिसर्चेस दिखाते हैं साइंस के नाम पे एक्चुअली पर रियलिटी पता होती है तो अगर वो सच्चे दिल से सच्चाई से कोई साइंटिस्ट भी करे तो उसे भी अल्लाह अपनी निशानियाँ दिखाएगा ये अल्लाह हर किसी को दिखाता है तो अब आप कैसे कंक्लूड करते हैं सारी बात को हाँ नहीं आपकी बात ठीक है अगर हम की तरफ देखें तो सब कुछ है उनके पास लेकिन वो फिर भी खुदकशियां कर रहे हैं तो उसकी बुनियादी वजह जो मैं समझता हूँ वो यही है कि उनके पास एम ऑफ लाइफ नहीं है उनके पास फेथ नहीं है उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो वो उसको इस्तेमाल करें उन चीजों को या अपनी सोच को या अपने स्किल्स को तो जब उनके पास कोई एम नहीं होता तो फिर वो जब अपनी जिंदगी को खालीपन को महसूस करते हैं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। तो आपके अब एम, एम तो हैं छोटे छोटे नंबर वन बनना कुरान जो आंसर देते हैं ना कि दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र ही में है अब वो इस दिल का सुकून जब तक नहीं होगा कि मैंने पहले जैसे बताया था डिप्रेशन का इलाज यहाँ से नहीं होगा ना डिप्रेशन यहाँ पे बेस करती है वो करती है है कुरान ने अल्लाह इस काय का हमारा भी और उसने एक मैनुअल दिया जिस तरह हर मशीन का मैनुअल होता है हमारा मैनुअल कुरान है उसमें अल्लाह ने जो बता दिया है कि मैंने ये जो मशीन बनाई है इंसान नाम की इसमें सुकून जो है अब सुकून और सब कुछ वो मेरे जिक्र के साथ लिंक है अब वो पूरी जिंदगी दिखे खाते रहते हैं छोटे एम्स बनाते हैं वो अचीव करते हैं उसके बाद फिर डिप्रेशन होता है फिर कोई और गोल फिर और कोई और गोल पूरी जिंदगी उनकी ऐसी घूमती रहती है उन्हें वो वाला सुकून नहीं मिल सकता जो कुरान क्लेम कर रहा है जो एक मुसलमान के आप देखें तो कुरान में जो सोल्यूशन है मेरे नजदीक तो यही है कि अल्लाह के जिक्र के बिना हमारी रू नाम डेड हुई भी होती है अल्लाह का जिक्र करें आप कोई भी इवन गैर मुस्लिम भी ये करें अल्लाह के नाम पढ़ के उनमें भी एक पॉजिटिव इफेक्ट आना शुरू होता है, अब तो उन्होंने अपनी की है आ, उसमें यही सारी चीजें करते रहते हैं इवन मैं ऐसो को भी जानता हूँ आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ किसी बंदे ने मुझे बताया एक आ, दूसरे मजहब का यानी हिंदू मजहब का था कोई मजहबी वो क्या होते हैं उनके पंडित या जो वो कुरने पाक की सुर्खी और आयत वगैरह पढ़ा करते थे अपनी वो उस लेवल की पावर्स के लिए उसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे एक हैं जानने वाले उनको एक क्रिश्चियन वूमन यूरोप के किसी कंट्री में मिली वो आ, ये एनर्जीज जोरा वगैरह देख लेती थी उन्होंने उनको देख के ये बोला कि मैंने आज तक किसी की भी इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी लेंथ वाली ओरा या इनर्जी नहीं देखी होता है ना कि एक फुट दो फुट तीन फुट बॉडी से बाहर उनकी बहुत दूर तक थी तो वो उनसे पूछा मैंने कि आप क्या कह रहे थे आ, वो थे परहेजगार नए कमल और हर वक्त जिक्र अस्कार भी करते थे तो वो आ जाती है समझ के हर एक्ट हर चीज हर हुक्म की दुनिया में जितनी भी प्रैक्टिस है अपनी अपनी एनर्जी है मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे लोग योगा मेडिटेशन ये वो करते हैं वो बिल्कुल ही बेसर है लेकिन उनकी फ्रिक्वेंसीज और एनर्जीज लो है आप मुस्लिम हिस्ट्री में देख लें जब मुसलमानों की ये गज्बात के भी वाक देखें और भी कि ये चंद इवन गदर में भी तीन लोग थे तो इन्होंने अपना रोल अदा किया बाकी अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए जो वर्ल्ड है उसमें उनका भी रोल था तो सामने के लश्कर कितनी बड़ी तादाद थी और उसके अलावा भी इस्लामी और भी बहुत सी गजबात है वाकत देख लें जब आप पूरा तवक्ल करते हो तो फिर आपने अपने एंड से पूरा इनपुट दे दी ह्यूमनली इनपुट तो बाकी सारी चीजें भी फंक्शनल यूनिवर्स की हो जाती है जो अल्लाह का निज़ाम है इस काय में तो आप जब आप उस तरह के सच्चे मोमिन मुसलमान बनते हैं उस तरीके से चीजें आ, करना शुरू करते हो तो फिर आ, आप तस्खीर करते जाओगे कायनात और फतेह आप ही की होगी हम मुसलमानों ने आज की दुनिया में बेशक सारी मुस्लिम कंट्रीज आप काउंट करें वो वाला हमने अपना रोल छोड़ दिया तब वो दूसरे कामयाब हैं उनके पास नेचर्स भी है ना हम लोग अपना काम नहीं कर रहे तो फिर ताकत और कामयाबी सब उधर गई हुई है जब हमने स्टैंड वैसी ले लिया जैसे खुलपाए रजदीन का दौर था या बीच में भी कुछ आया वक्त तो फिर कामयाबी और इस जमीन जमीनों आसमान के सारे खजाने हमारे हैं जितनी साइंटिफिक है इनकी आगाज बानी हमारा जो गोल्डन पीरियड गुजरा है वहीं से तो निकलता है हमारी चीजें इन गैरों ने सीखी और आज हमारा ये हाल है हम मुसलमानों का हम अपनी चीजें उनसे दोबारा सीखने की कोशिश कर रहे हैं एक और चीज़ मैं यहाँ ये भी हाई करना चाहूंगा कि ठीक है दीन इब्राहिमी के अंडर दूसरे भी मजाइब आ रहे हैं क्रिस्टनिटी होगी या यूदीत वगैरह होगी लेकिन हजूर की नबूत का ऐलान होने के बाद तमाम पहली शरीयें मनसूख हो चुकी हैं इस वक्त और अभी यानी हजूम से लेकर ताकि अब एक ही शरियत मुहम्मदी पूरी अर्थ के लिए तो इस वक्त जो सॉल्यूशंस इस्लाम की बुक में यानी कुरान कुरानुर हदीस में आपको मिले हैं वही अल्टीमेट सॉल्यूशंस होंगे बाकी शरियत क्योंकि मंसूख हो चुकी हैं तो आपको कलमा पढ़, पढ़ना पड़ेगा उस हकी दिल्ली सुकून के लिए और अगर आपको वाकई सुकून चाहिए दिल्ली तलाश एक और चीज आपने देखी होगी नाइन अलेवन के बाद कितना प्रोपेगेंडा हुआ इस्लाम के खिलाफ इस्लामो इस्लामोफोबिया इस्लामो इस्लामोफोबिया लेकिन सबसे ज्यादा जो इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं नाइन के बाद उनकी भी रेशियो देखें इन्होंने प्रोपोगेंडा किया खूब किया इस्लाम के खिलाफ लोगों ने लोगों के अंदर रुझान पैदा हुआ कि आखिर इस्लाम में है ऐसा क्या जो इतना इस्लाम खूब फैला हुआ मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स नॉन बिलीवर्स की बात करूं जब उन्होंने खुद से पढ़ा उनको सारे आइडियाज क्लियर हुए बग़ैर फिरका वारियत के खुद सारी चीजें डायरेक्ट पढ़ी साफ नीयत होके पढ़ी तो, तो आपने देखा कि मुसलमानों की रेशियो जो स्पीड है दोबारा रिवर्ट आ, कह लें या जो भी कितनी तेजी से फैला है तो इस्लाम आपको सॉल्यूशंस देता है ये असल में हमारे ऊपर हम, मुख्तलिफ़ुबात की जो एनके हमने खुद लगाई है हमारी सोसाइटी ने लगाई है मीडिया स्पेशली लगा रहा है आजकल अगर उससे हट के डायरेक्ट अल्लाह का पैगाम डायरेक्टली देखें गैर जानबदारी से तो उसमें आपकी दुनिया और आखिरत दोनों में भलाई है यही वजह है कि ये इतना स्ट्रॉग नजरिया और कॉन्सेप्ट है जो इसको पढ़ता है डायरेक्ट गौर करता है न्यूट्रल रह ये उस पर असर अपना दिखाता है और उनके इंटरव्यूज जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया उसके बाद देखिए उनकी जिंदगी पहले वो एक चीज वाजिया बोलते हैं कि हमारे अंदर वो सुकून आज तक नहीं था अंदर एक दिल के अंदर थी एक खाली पान वगैरह वगैरह जब से इस्लाम दायरा इस्लाम में दाखिल हुए और उसको एज हंड्रेड परसेंट प्रेक्टिस कर रहे हैं तो अंदर वो खला भर गई और वो अब सुकून हमें आ, पहली दफा वो टेस्ट और आप उनके इंटरव्यूज जब सुनते हैं या देखते हैं तो उसमें आपको एक चीज वो आलमोस्ट सारे कहते हुए मिलेंगे कि वो इतनी शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहे थे यानी ना एज अ नॉन बिलीवर सब कुछ उनके पास था लेकिन दिल के अंदर एक खला ही बेसकूनी थी जब से दायरे इस्लाम में आए हैं तो ऐसा सुकून मिला है ऐसा सुकून मिला है उसकी मिसाल कुछ भी नहीं है इवन ये सब कुछ दुनियावी असायशियत चुन भी जाए तो वो जो लजत और सुकून है जो दि, दिन इस्लाम को हंड्रेड प्रैक्टिस करने के बाद आपको मिलता है अल्लाह गिफ्ट करता है वो, उस लजत की खातिर वो सब कुछ छोड़ने को भी तैयार है और उनके लिए अगर दो में से एक चीज चुननी पड़ी तो वो आंखें बंद करके इस्लाम और तो तो दोबारा तो से अपने आप को भी रिवाइव करने का मौका मिला और आपकी बात बिल्कुल सही है की जो भी चीज फितरत के मुताबिक होती है ना वो अपील करती है इस्लाम चूँकि दीने फित और निजात इंसानियत की निजात भी इसी में ही है और अगर हम जितना ज़्यादा इसको समझेंगे अपने फेत को अपने अकीदे को फर्म करेंगे उतना ही हमें जो है हमारी जिंदगी सुकून में गुजरेगी